तो पहले वाइस कैसे आप नवाइए और सब बढ़िया होनी है बढ़िया ही होने चाहिए तो आज मैं इसलिए इतना शाम को ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हर एक इंसान का छुट्टी हुआ है तो मतलब पैसा अपने अपने हिसाब से है ना कैमरा अच्छे का तो वैसा अपने अपने हिसाब से सब कहीं कुछ घूम रहे कहीं कहाँ जा रहे तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कुछ पैसे कमाए जाए और बाद में एक सरप्राइज़ आपको देंगे वो उस पैसे से तो इसलिए मैं सोचा पैसे कमाते टाइम वेस्ट मतलब टाइम में तो वेस्ट ही करने का पैसे कमाना आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो मतलब सब कुछ है तो परसेंटेज इससे मायने नहीं रखता आप कितना पर्सेंट आए आपके पैसा कितना हर एक हर एक इंसान वही देखता है आपका नहीं है, मुझे जम नहीं रहा है बरूबर से पर फिर भी क्या करें मजबूरी है तो करना पड़ेगा अभी दो चार दिन में या फिर पाँच छः दिन में कुछ नया जॉब देख के तो वो आपको दिखाऊँगा और मैंने क्या आज काम किया ना वो भी मैं एक क्लिप छोटा सा डालता हूँ आप देखना और अभी देख रहे हो बस का वेट कर रहा हूँ रोड पे खड़ा होकर ये देखो तो यहाँ पे मैं खड़ा हो के बस का वेट कर रहा हूँ तो जैसे बस आएगी चलते फिर बहुत पसीना हो रहा यार थक गया वहाँ से और ये आज पास तो गए ना कैमरा तो बहुत ज़्यादा ही थक गया तो कैमरा बहुत ज़्यादा ही रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरे को मतलब अजीब सा सब लोग देख रहे थे फिर कर रहे थे करते ना मालूम ना और जो मिडल क्लास से बिलोंग करते हैं उसको समझ में आएगा और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अपना सात तारीख को टूर्नामेंट है सेंट्रल पार्क रोड पे नाला ईस्ट में वहाँ पे मेरे चैनल पे लाइव आएगा हर एक इंसान आ जाना लाइव देखने के लिए तो ये वाले ब्लॉग में भी बोलूँगा अगर आगे वाले ब्लॉग में भी बोलूँगा एक बार याद से आ जाना हर एक इंसान जो जो नाला से रहता है नाला ईस्ट सेंट्रल पार्क गार्डन के इधर आ जाना है सेंट स्कूल के सामने वहाँ पर अपना टूर्नामेंट हो रहा है मैच का तो वहाँ पर मेरे चैनल पर लाइव आएगा अगर आप नहीं आ पाओगे तो मेरे चैनल पर लाइव देख सकते हो सात बजे से सात बजे तक कंटिन्यू बारह घंटे का पूरा लाइव रहेगा तो आप देख सकते हो तो सात तारीख को याद से रेडी रहना लाइव के लिए तो अभी बस आएगी तो चलते अभी देखते अभी तक तो बस ही नहीं है यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता बस ही में बस नहीं आती तो बस आती उसके बाद चलते घर तो जाएंगे खाए